मेरे द्वार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 कहते हैं टोल उठी है सारी घर तीन पास बुलाते हैं बली ने कहा कहिए क्या चाहते हैं आप अरे आज तो मन करता है कि अपनी सारी चीजें लुटा दो सब कुछ दान कर ठाकुर था। जी ने कहा हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए पहले तो वचन चाहिए कि हम जो मांगेंगे आप हमें वही देंगे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 राजा हंसने लग जाते हैं राजा ने कहा एक तो आप खुद छोटे से आपके पैर छोटे छोटे तीन पग भूमि में क्या मिल जाएगा अरे आप कहो मैं आपको अपना राज्य दे दूं भगवान कहते नहीं, नहीं हम तो संतुष्ट ब्राह्मण हैं ज्यादा नहीं चाहिए तीन पग भूमि शुक्राचार्य जी को बात थोड़ी अटपटी लग रही है बार बार तीन पग भूमि तीन पग भूमि उन्होंने नेत्र नेत्र करते ही परमेश्वर सामने खड़े हैं अरे शुक्राचार्य जी कहते हैं मना कर दो वचन देवी हट जाओ ये विष्णु हैं अरे तीन पग भूमि में तुम्हें कंगाल कर देगा ये बलि ने कहा अब तो वचन देवी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 ब्रह्मांड नाप लेते दो ही पैरों में सब कुछ मिल गया भगवान कहते अब तीसरा पैर कहा रखूं? बलि ने कहा बताइए दान बड़ा कि दानी बड़ा, बताओ कौन बड़ा? दान बड़ा कि दानी बड़ा।, दान बड़ा